छोटी छोटी गलतियां अक्सर बड़ी मुसीबत बन जाती है किसी ने क्या खूब कहा है छोटी छोटी गलतियां करने से बचा करो क्योंकि इंसान अक्सर पत्थर से टकरा कर गिरता है पहाड़ से नहीं एक समय की बात है दो बहुत अच्छे दोस्त थे वो अक्सर अपना समय एक साथ बिताया करते थे एक दिन वो दोनों नाव के सारे नदी पार कर रहे थे बातों बातों में दोनों दोस्त किस बात को लेकर बहस हो गई बहस इतनी बढ़ गई दोस्त ने गुस्से में चाकू उठाकर जोर से नाव के बीच में मार दिया जिससे नाव में एक छेद हो गया जिसकी वजह से धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा ये देख दूसरा दोस्त बोला कि अरे मुर्ख तुमने एक क्या कर दिया अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे तो वो बोला कि अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई मुझे माफ कर दो थोड़ी ही देर में नाव डूब गई और दोनों दोस्त किसी तरह तैर कर नदी किनारे में आए तब दूसरा दोस्त बोला कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से आज हमारी जान भी जा सकती थी ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने लाइफ में हर एक छोटी सी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए लाइफ में हम बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो देखने में बहुत सी छोटी होती है लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसी गलतियाँ हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है जितना हो सके छोटी छोटी गलती करने से बचना चाहिए ये छोटी गलतियाँ अक्सर बड़ा रूप ले लेती हैं दोस्तों एक कहानी से आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको हमेशा अपलोड मिलते रहे